सिद्धिगंज में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बालिका छात्रावास में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यह आयोजन वन विभाग ने किया जिसमें छात्रावास की सभी छात्राओं ने हिस्सा लिया और पुरस्कार प्राप्त किए सिद्धिगंज के छात्रावास में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बालिका छात्रावास की बालिकाओं ने बेहतरीन चित्र बनाकर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज जीते वन विभाग के डिप्टी रेंजर सुनील दस शर्मा ने प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आने वाली छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया इस अफसर पर वन विभाग के स्टाफ और गांव के सरपंच जनपद सहित अन्य लोग मौजूद रहे आप देख रहे हैं दखल न्यूज